मोहब्बत की कहानी लिखना जैसे की पानी पे पानी लिखना जिंदगी डर देखे शिवा क्या है जिंदगी डरे देखे सिवा क्या है और इसमें भला रखा क्या है जिंदगी डरे के सिवा क्या इसके दर्द से रोज मरते हैं इसके दर्द से रोज मरते हैं इसके दर्द से रोज मरते हैं और मरना भी बचा क्या है और मरना भी बचा क्या है और इसमें भला रखा क्या है जिंदगी भर देखे शिवा क्या है का ढोल पीटने वाला ईश्क का ढोल पीटने वाला ईश्क का ढोल पीटने वाला जानता ही नहीं बफार क्या है जानता ही नहीं वफ़ा क्या है और इसमें भला रखा क्या है जिंदगी दर देखे शिवा क्या है सिर्फ हक ही अदा किया मैंने सिर्फ हक ही अदा किया मैंने सिर्फ हक ही अदा किया मैंने हक किसी पर भला मेरा क्या है और इसमें भला रखा क्या है जिंदगी डरे देखे शिवा क्या है जिंदगी डरे देखे शिवा क्या है एक कदम साथ गरे नहीं देती एक कदम साथ गरे नहीं देती एक कदम साथ गरी नहीं देती कौन है साथ व क्या है और इसमें भला रखा क्या है जिंदगी डरे देखे विवाद क्या है जिंदगी डरे देखे विवाद क्या, क्या है और रखा क्या है जिंदगी धर देखे शिवा क्या है जिंदगी सर देखे शिवा क्या है।